तो आज का दिन सामान्य रहेगा मन में कुछ थोड़ा बहुत तनाव रहेगा आत्मविश्वास की आज आपको कमी महसूस रहेगी निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति वृषभ राशि के जातकों को बनेगी किसी बात को लेकर के भाइयों से मतभेद हो सकता है माता के स्वास्थ्य का आज आपको विशेष ध्यान रखना होगा जीवन साथी के द्वारा आपके जो है पैसे का आज किसी धार्मिक कार्यों में सदुपयोग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है घर में कोई मांगलिक और धार्मिक कार्य हो सकते हैं ससुराल से किसी की स्वास्थ्य की खराब होने की सूचना आपको मिल सकती है कार्य क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति अभी बनी रहेगी आय के साधन और मजबूत करने का प्रयास आप करते रहेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज शिवलिंग पर आपको करना ये रहेगा कि गुड़ से अभिषेक करना रहेगा और ओम नम शिवाय मंत्र की एक बार आप लोग जब करिए हम आपके लिए शुभ कलर जो रहे ये आज के दिन रहेगा व्हाइट कलर शुभ अंक आपका रहेगा अंक दो आपका सर्वथा शुभ रहेगा